हाल ही में बिहार के किस जिले में श्री अन्न महोत्सव यानी मोटे अनाज का महोत्सव मनाया गया ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया जिला ऑप्शन नंबर बी पटना जिला ऑप्शन नंबर सी आड़ा जिला ऑप्शन नंबर डी भोजपुर जिला तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोजपुर जिला